समझ में आ जाए भक्तों को समझाने का हमने अपना नियम निभाया हमने अपना नियम निभाया खातू आने जाने का हम तेरा क्या फर्ज नहीं जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं जाते जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं जाते रोटी रूखी सूखी हो क्या उसके घर नहीं खाते रोटी रूखी सूखी हो क्या उसके घर नहीं खाते, क्या, नहीं खाते। क्या मेरा हक नहीं बनता है क्या मेरा हक नहीं बनता है? शाम तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का शाम तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का हमने अपना नियम निभाया हमने अपना नियम निभाया खातू आने जाने का शाम तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर नियम यही है दुनिया का दुश्मन के घर नहीं जाते नियम यही है दुनिया का दुश्मन के घर नहीं जाते या फिर छोटी जाति कहो करके बहाना करकाते या फिर छोटी जात कहो तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का शाम तेरा क्या फर्ज़ नहीं भक्तों के घर आने का हमने अपना नियम निभाया हमने अपना नियम निभाया खातु आने जाने का शाम तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों जिसका, जिसका घर देखा वो क्या तेरे लगते थे जिसका जिसका घर देखा वो क्या तेरे लगते थे रिश्तेदारी में काना वो क्या हमसे बढ़ते थे रिश्तेदारी में जैसा बनाने का शाम तेरा क्या फर्ज नहीं भगतों के घर आने का शाम तेरा क्या फर्ज नहीं भगतों के घर आने का हमने अपना नियम निभाया हमने अपना नियम निभाया खाटू आने जाने का शाम तेरा क्या फर्ज नहीं रस्ता ढूंढ लिया रोज मिलेंगे बनवारी। ऐसा रास्ता ढूंढ लिया रोज मिलेंगे बनवारी। दंग रह जाएगा काना देख मेरी तू समझदारी